अगर मगर ना किया कर अगर मगर ना किया कर डगर है सीधी सीधा चला कर अगर मगर ना किया कर डगर है सीधी सीधा चला कर गड़बड़ गड़बड़ ना किया कर गड़बड़ गड़बड़ ना किया कर जिंदगी है हिसाब होना है जरूरी हिसाब बराबर किया कर जिंदगी है हिसाब होना है जरूरी हिसाब बराबर किया कर अब बड़बड़ बड़बड़ ना किया कर और बड़बड़ बड़बड़ ना किया कर रात हो चुकी है तू भी सो लिया कर अगर मगर ना किया कर डगर है सीधी सीधा चल